थो, तो का तो स्वागत है, तो तो तो है, है तो तो तो लिंग बनाएंगे बाद क्या होगा तो, तो इसमें तो इस हो। तो इस आज से जो तो ब्रह्म ब्रह्म चालू हो जाएगा तो अर्जुन अगले अध्याय में ये क्वेश्चन तो करेंगे ब्रह्म क्या है कर्म क्या है तो इस तरह की नींद रख रहे हैं अभी ताकि बता चले तिलक क्या है ठीक है पहले मंत्राचन करते हैं फिर इस दिए को समझूंगा व्यास ओम ज्ञानीति मिलांधस्य ज्ञानंजना शलापिया चरशुरो निगद्धये मा चस्ने श्री गुरुवे नमः श्री चतण्य मनोभिष्टं साधकये नमोस्तुते स्वयमरूपकदामयं प्राप्ति सर्वतनकं हम ृष् लिता कृष्ण रा शनांगी राधेदेवी वाचाता पावने भो वैष्णे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अगुवेदा भ्रीवासा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राय राम भाई कृष्ण कृष्ण भूतले नमस्ते हरे कृष्ण महाम कितना रस करने वाला हैचार्य तो है जो नाम हैं जो इतना मिलता तो कर बानवे ना किस मिले की हरिराज ठाकुर कौन थे कृष्ण के वो चला चला हैं, हैं, तो अपराध हो गया है ना तो वो साथ में चाहते थे मैंने थोड़ी बड़ी गलती कर दी थी तो तो कैसे करूँ कैसे करूँ तो फिर वो नीचे लगती पर आते जगन्नाथ काम मिला था ये भी शायद हो सकता है लेकिन वो वो गलती कर कर रहे थे बाद में में में तो मुझे मिलना मिलना चाहिए चाहिए दी फिर आए और ख़राब स्थिति तक कि जगन्नाथ पुरी में अंदर अलाउ नहीं अच्छा मतलब की पूरा दिन हो गया था बाईस घंटे में करते थे ना दो घंटे बहुत बड़ी बात है और हम पे यहाँ पे सोलह माला नहीं हो गई सोलह मालिया भी जानी पड़ती सोलह मॉडल में और अभी रहा है तो यही सोच के कर रहे हैं कौन कौन है जो फर्स्ट के सोचता है कब सोच एक होगी दोनों फिर आगे से ऐसा नहीं है नाम पे सभी तो आज के श्लोक की क्या है आज अभी तक ध्यान बताया कि चार प्रकार के लोग आते हैं और चार प्रकार के लोग नहीं आते तो जो चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं वो थे अर्थात यानी ठीक है और इसके बारे एक पांचवा भी था कौन जो शुद्ध भक्त प्रेम के लिए आते थे सब प्रेम जो शुद्ध भक्ति क्योंकि ये चारों शुद्ध भक्त नहीं है एक शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में है भी नहीं भी, मतलब ऑलमोस्ट वो पैर रख रहा है उसको लेकिन शुद्ध कह नहीं सकते और ऐसा भी नहीं ज्ञान ही था तो मैंने बताया था कि इस इसमें लोग हैं तो हमारे आते हैं चार ये लोग पांचवा प्रेम और छठवा उनतीसवे श्लोकम बताया जाएगा बोला था ना किसी के कारण मैंने एक बार बताया था की उन्तीसवे श्लोकम बताया जाएगा छठा भी आता है रोहन जी वो मुक्ति के लिए आता है जैसे मुक्ति की बालिका की बात बात की तो छठवा या, या बता रहे हैं छठवा व्यक्ति की की बात करेंगे कि भगवान वो क्यों आता है क्योंकि तो वो इस जगत में मुक्त होना चाहता है वो इस जगत से दुखी हो गया है मुक्त होने जाता है क्योंकि यहाँ पे याद या रखना कि जो वो ज्ञानी है ना वो अलग है वो हो सकता है कि वो परमात्मा में ध्यान कर रहा है परम पे ध्यान कर रहा है तो वो भगवान का शरण में नहीं आ रहा है तो भगवान के पास नहीं आ रहा है लेकिन ये भगवान के पास आता भगवान को नहीं चाहता भगवान आपका की चाहिए मुझे मुझे मुक्ति चाहिए किसके भगवान के पास तो मुक्ति के लिए आप भगवान से मुक्ति आपको मुक्ति जेल नहीं आनंद नहीं होगा आनंद नहीं है दस नहीं आनंद तो है आनंद है पूरा आनंद नहीं है आनंद है फिर अपनी मुक्ति में आनंद नहीं आनंद नहीं है, तो, तो, तो जगत, दुखा ये उसे गया, जगत है ना है, गया। और ऐसा नहीं की ये जो बता रहे हैं छठवा आ रहा है ऐसा नहीं वो माला नहीं करेगा माला भी करेगा, करेगा भी करेगा सेवा भी करेगा सब करेगा लेकिन भावना क्या है तो प्रेम मतलब भगवान का प्रेम नहीं चाहता भगवान के लिए प्रेम नहीं है मुक्त होना चाहता है करना वो सब कुछ वही है अगर तो मान लो कि पे पांच लोग कर रहे हैं, तो गए, लेकिन आप कौन मुक्ति के लिए करता है आशा कर भगवान तो तो तो तो के पास ही उधार बोला ना ये जो आते हैं उधार जो बुद्धि के है ना वो आते हैं कामा सर्व कामा कौन सा श्लोक है कामा सर्व कामा नाम मुक्ति किस तरह से नाम इसको करते हैं जरा जरा ोक्षायामस्ृति आध्यात्म कर्म अध्यात्म कर्म चाखिल दर्थे। दर्थे जरा मरण मृत्यु मोक्षाय तो जो बुढ़ापा मृत्यु से प्रसिद्ध जो जीवन है इसे कहते हैं इस का बुढ़ापा आता है मृत्यु आती है मान लो हो सकता है लेकिन लेकिन वो तो आते जाते रहते हैं ना लेकिन मैन जो स्क्रिप्ट क्या रहता है मृत्यु सबसे रहेंगे और बुढ़ापा जो कि दस बीस साल तक रहता है ना साठ साल से बुढ़ापा मान लो अस्सी तक जी का तो अस्सी बीस साल बुढ़ाता है ना तो इस तरीके से बुढ़ाता है जरा मरण बोचा है तो कह रहे हैं कि बुढ़ापा मृत्यु से ग्रस्त जी जीवन है इस जगत का तो तो कह है मामा यत्न तो करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जो, जो, यतन्ती लिए, यतन्ती लिए जो मेरी शरण लेते हैं जो इस प्रकार से यात्रा करते हैं तो कैसे तो कह रहे हैं ब्रह्म मतलब वो मेरी शरण लेते हैं जैसे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं वो भगवान कोई जरिया बना रखा है मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के जरिए मतलब तो भगवान करूंगा मैं भगवान में जाऊंगा भगवान मुक्ति दे भगवान मुक्ति दे देंगे भक्ति जाता है वो भी वही सेम चीजों से जाता है मतलब लेकिन वो क्या करें आपका ठीक है मुक्ति वाले गंदी मुक्ति दे देते हैं कौन सी कौन सी धाम मतलब कि बस चक्र है से देखी देखी है, वो है।, है।, जो जो जो है। वो से एक चाहता वो नहीं यार सिर्फ बताए नहीं मुझे लगाया ही नहीं है, है। मैंने सिद्धार्थ प्रभु से पूछा था आवाज ठीक आ रही सर्व कर रहा हाँ सही आ रही आप ठीक आ रही है अच्छा है। हरे कृष्णा अब कैसी आ रही है कनेक्ट अच्छा हुआ होगा ना कनेक्ट है हरे कृष्णा अब ठीक आ रही है ठीक आ रही है। तो मैं क्या बोलने वाला था हाँ हाँ मुक्ति पूछ रहे थे मुक्ति वही है ना एक वाइट कमरे में बंद कर दे कोई। Actually, वो तंग आ गए ना इस जिंदगी से।, से लेकिन उन्होंने रास्ता कौन सा चुना है भगवान की शरण में जाते बस ये है बाकी तो नहीं तो वो फिर वही वाले ज्ञानी हो जाएंगे जो आते ना परमात्मा में बस विलीन हो जाए विलीन हो जाए और जो मायावादी है वो क्या सोचते हैं विलीन होने का मतलब उनका वो कि हम अपने आप को शून्य कर ले उसी में मिल जाए वो धारणा नहीं है ये है कि हम मुक्त हो जाएं जन्म मृत्यु के चक्र हमारा खत्म हो जाए इस तरीके से लगा लेता हूँ ठीक है तो और आगे इसमें बोल रहे हैं कि ऐसे लोग ब्रह्म को समझ पाते हैं और वो आध्यात्मिक कर्म करते हैं ब्रह्म मतलब मैं आत्मा हूँ ये समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आध्यात्मिक कार्य करते भगवान की सेवा के सारे कार्य करते हैं भगवान के लिए भौतिक कार्य नहीं करते बिल्कुल बेकार नहीं है पांचवे स्टेज पे आ रहे हैं ये भी छह लोग आते ना भगवान के पास तो ये भगवान के पास भगवान के पास भले कोई पैसा मांगने जाए मुक्ति मांगने जाए पर जा तो भगवान के पास रहे तो भगवान के पास चला जाएगा ठीक है लेकिन अगर कोई इन सब चीजों के लिए भगवान के पास नजर कहीं और जा रहा है तो भगवान उनको मूर्ख बोलते हैं कम बुद्धि वाले अल्प अल्प ज्ञान वाले ठीक है तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं छोटा तो श्लोक है बड़ा नहीं है आजकल जो जरात तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं तो असली मुक्ति क्या है भगवान की शरण में जाना ये असली मुक्ति है मुक्ति होते है ना बहुत सारी मुक्ति होती हैं। तो वो मुक्ति नहीं है कि भगवान शरण में न जाके तुम और ध्यान कर रहे हो ध्यान लगा के निराकार कहीं मायावादी इनका ध्यान करके जाना चाह रहे हो मुक्ति होना चाह रहे हैं वो मुक्ति नहीं है असली मुक्ति क्या है भगवान की शरण में जाते ठीक है तो भगवान की शरण में जाना ये है तो और इसमें कह रहे हैं कि वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं तो ब्रह्म मतलब आत्मा होता है हम ब्रह्म में आत्मा हूं तो ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म या क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि वो दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गए मतलब इसलिए मतलब मान लो जो कोई जानता है मैं आत्मा हूँ तो फिर वो वही कार्य करेगा ना आत्मा वाले तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गए ना तो इसलिए कह रहे हैं जो दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गया यानी भगवान के विषय में वो जानता है मैं आत्मा हूँ भगवान है लेकिन वो भगवान से भगवान को नहीं मांग रहा है भगवान से जानता ही भगवान है लेकिन मांग मुक्ति रहा है भगवान से इस तरीके से ठीक है ठीक है और बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बुद्धिमान तो बुद्धिमान क्यों बोल रहे हैं बुद्धिमान क्यों कहा जा रहा है इसी कहा जा रहा है हमने सुना था अकामा सर्व कामा मूच मतलब किसी को काम इच्छा है या किसी को मतलब कुछ भौतिक इच्छा है तो भी वो कहा जा रहा है भगवान के पास जा रहा है और किसी को कोई काम की, की इच्छा नहीं है तो भी वो कहा जा कोई कामना नहीं तो कहा जा रहा है तो भगवान के पास जा रहा है तो ये क्या है ये उदार बुद्धि वाले हैं सारे जो भगवान के पास ही जा रहे हैं लेना है तो भगवान के पास नहीं लेना है तो भी भगवान के पास कोई भी कंप्लेंट है तो भगवान के पास किसी और के पास नहीं जा रहे तो ये उदार बुद्धि तो जो मोक्ष कामी है अगर उसकी बुद्धि उदार है तो भगवान के पास ही जाएगा जो भक्त मोक्ष कामी है उसको भी सकाम कहते हैं तो इसमें जो मोक्षरामी की जो छठवे की बात चल रही है छठवा जो है उसको भी सकाम में ही काउंट किया जाता है क्यों काउंट किया जाता है सकाम में सकाम में इसलिए काउंट किया जाता है निष्काम इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस जगत में दुख पा रहा है इस जगत में तो वो क्या सोचता है कि मैं इस दुखों से पीछे छड़ा के मुक्ति के सुख में चला जाऊं तो कामना होगी ना ये छोड़ना है और ये पाना है तो एक तरह से कामना होगी मतलब भौतिक कामनी होगी ना क्योंकि उस सूच आता है वो भगवान का सुख नहीं चाहता वो अपना सुख चाहता है कि मैं सुखी कैसे रहूंगा मैं इस जगत से कैसे फ्री हो जाऊँ इस चक्र, चक्र से निकल जाऊं और बस मुक्ति पालू मैं सुखी हो जाऊंगा तो होगी ना सकाम मतलब तो मैं सुखी हो जाऊं लेकिन भक्ति क्या चाहते हैं भगवान आप कहीं भी जन्म दो जन्म दो या ना जन्म दो बस मुझे नहीं पता नर्क में दो कहीं भी दो बस आपकी अहितु भक्ति करता रहू मैं आपके चरणों की सेवा करते रहूँ बस मैं आपका सुख चाहता हूँ आपकी सुखी के लिए सुख के लिए सब कुछ करता हूँ तो ये क्या हो गया निष्काम तो पे इसको इसलिए सकाम बोला रहा। तो नहीं। और इस श्लोक में लिंक बना रहे हैं भगवान अर्जुन तो ये सिर्फ मुक्ति चाहते हैं और भगवान मुक्ति तुरंत दे देते दे दे हैं भगवान तु दे, दे, दे, दे, दे हैं। क्योंकि माया उसमें कोई बीच में नहीं आएगी मुक्ति चाहता ना माया कब आती है जब हम ये कहेंगे ना भगवान आपको चाहते हैं आप चाहिए तो फिर भगवान कहते हैं माया उसकी परीक्षा दो फिर माया परीक्षा लेती है दे परीक्षा दे परीक्षा भगवान कहते हैं कुछ सुधार हुआ हाँ टिका रहा एकदम कह रहे ठीक है ऐसा करो इसको दो तीन जन्म करके खत्म करके भेजो मेरे पास। फिर वहां से वो हैंडओवर हो जाता है अंतरंग शक्ति फिर योग माया की शक्ति द्वारा फिर वो अपने आराम से फिर माया उस अलग हो जाती है फिर जो होता है भगवान के हिसाब से होता है उसके क्रह अगर जैसे कि कोई बोले कि भगवान के गुणगान के लिए इसमें बोल रहे हैं कुछ कि अगर कोई जबरदस्ती भगवान के रूप को अपने मन में लाता है जबरदस्ती भगवान कितने दयालु मतलब मुक्ति कितनी एकदम कितनी सरल है मुक्ति ये बता रहे हैं मुक्ति के ऊपर कि अगर कोई भगवान को जबरदस्ती अपने मन में लाता है उनका स्वरूप या उनका फेस अपने मन में लाता है तो भगवान तुरंत मुक्ति दे देते हैं उसमें जबरदस्ती जबरदस्ती पता कैसे होता है कैसे होता है जबरदस्ती नहीं आ रहा रहा तो मन नहीं लग रहा, फिर भी कर रहे मतलब कर मतलब मतलब किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया मंगलार के बीच अब खड़े हैं देख रहे हैं समझ में नहीं, नहीं आ रहा फिर भी देख रहे हैं तो जबरदस्ती हो गया ना क्योंकि मन तो नहीं था ना मंगलार के में अब खड़े कर दिया आना पड़ा मजबूरी में तो जबरदस्ती हो गया तो वो भी मुफ्ती दे देते हैं तो फिर मुक्ति के पीछे क्या भागना भगवान का प्रेम मांगू ना सिर्फ देखो और देखने माथ से मुक्त हो जाते हैं देखने माथ से भगवान को देख रहे हैं देखने माथ से मुक्त हो जाते हैं और एक चीज बताते हैं कि और मंगल आरती में जाने का क्या रीजन है कि जब भगवान को हम देखते है, आ, हम हैं हम देख रहे हैं भगवान तो हमें देख रहे हैं ना तो भगवान को जो हम देखते हैं भगवान हमें देखते हैं तो भगवान सेवा की इच्छा हमारे अंदर स्फुलित कर देते हैं मतलब मतलब सेवा की इच्छा नहीं लगती है करते करते है। सेवा की इच्छा जागृत कर देते हैं और क्या फायदा है जब हम भगवान की मुस्कान देखते हैं तो उस मुस्कान से भगवान क्या करते जो इच्छा है वो बनाए रखते हैं कंटिन्यू ऐसा ना आज इच्छा कल खत्म होगी तो कैसे करोगे इच्छा बनाए रखने की भगवान के लिए करना है तो क्या तीन चीजें मंगल आरती जाने का मंगल आरती क्यों जाना चाहिए क्या तीन चीजें तीन चीजें बताइए ना मैंने इसमें बनी बनी रहे ती की इच्छा रहे कैसे सेवा बनी रहे. आ, कि पूरा बताओ नाच्छा की तीनों पूछा बताओ ना फर्स्ट बताओ क्या है तो खाटू हाँ जबरदस्ती भगवान के स्वरूपों अपने मन में लाता है तो भगवान तो तो तो तो तो मुक्ति दे देते दे दे हैं फर्स्ट ये हो गया ना लाभ तो इसलिए मंगल जाना चाहिए और दूसरा क्या है कि जो मंगल जाना चाहिए दूसरा लाभ क्या है भगवान हाँ भगवान देखते हैं देख के क्या करते हैं हाँ सेवा की इच्छा जागृत कर देते हैं तो इसलिए जाना चाहिए और तीसरा क्या है तीसरा तो पता तो नहीं भगवान की मुस्कान को हम देखते तो उस मुस्कान से हमारी इच्छा तो इसलिए जाएगा जाएगा कोई नहीं, नहीं। जाऊंगा नहीं। क्या ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रपट जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं मतलब तोपा जी ये क्यों बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु इस भौतिक शरीर को सताते हैं ये लगते ना जरा मृत्यु हमें सताते हैं व्यक्ति को सताते हैं भौतिक शरीर यानी तुम्हें तो ही सताते हैं वो सिर्फ शरीर को सताते हैं और हम क्या है तो, तो सही नहीं सकते ये लेकर आध्यात्मिक शरीर को नहीं आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है ना मृत्यु ना जरा ना रोग अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है अब मान लो कि आत्मा को ये नहीं लगते अब जैसे ये शरीर प्राप्त हो गया आध्यात्मिक तो वो ये चार चीजें नहीं है तो फिर वो कहाँ है फिर वो पार्षद बन गया ना फिर तो क्योंकि वही है नहीं है ना ये चार चीजें तो पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है वही मुक्त है मतलब भगवान के शरण में जाना यही असली मुक्ति है और यहाँ पे बता रहे ऐसा नहीं कि भगवान के दाम पार्षद बनकर अवश्य करेंगे वहाँ पे भक्ति करता है नित्य वहां भी भक्ति करनी है भक्ति एक बार करना शुरू कर दी ना तो वो वो अनादि हमेशा तक ही करनी है ऐसा नहीं कि वहां जाके बंद हो जाएगी लेकिन ये है कि उसमें तो फोर्सेबल नहीं करनी पड़ेगी वो अपने आप चलती रही मतलब अपने आप ही मतलब जैसे मैं सांस ले रहा है कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना सांस लेने के लिए हाँ इतनी सांस लेनी कैसे चलेगा तो ऐसे चले ही तो वहां पे अपना चलती रहेगी ठीक है अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं कहा कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूं देखो मैं ब्रह्म या आत्मा हूं ये समझना चाहिए ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए हमें सिर्फ आत्मा की ही कार्य करने चाहिए हम आत्मा है ना लेकिन अरे हम तो देखा रहे आप सो रहे हो खा रहे हो पी रहे हो तो शरीर की आवश्यकता है वो करना है और बाकी फिर भगवान की सेवा के ही कार्य करने हैं और कोई भौतिक कार्य नहीं करना क्यों तो। क्योंकि हम तो आत्मा है ना शरीर तो वही नहीं है लेकिन शरीर में है इसमें हम तो इसलिए शरीर को चलाने के लिए सोना भी बढ़ता है छह घंटे ठीक है खाना भी पड़ेगा नहाना भी पड़ेगा साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा तो ये सब करना पड़ेगा क्योंकि करनी इसी से हमारे तरीके से कपड़ा या यंत्र समझ लो यह ठीक है, है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं मतलब देखो दिव्य कर्म मतलब भगवान की सेवा मतलब दिव्यकर्म में लोग ना भगवान की सेवा करने रहे हैं सबको जानते रहते हैं क्या क्या सेवा करनी है सब कुछ जानते हैं भगवान की सेवा में तो इसलिए दिव्य कर्म बोल रहे हैं और ब्रह्मपद मतलब ना सोचती ना कांशती मतलब ना इस जगत में किसी वस्तु की कामना है और ना इस इस जगत में कोई वस्तु खोने का शोक है वो सिर्फ एक ही चीज जानता है भगवान की सेवा ना तो किसी वस्तु को पाने की इच्छा है कोई खो गई उसका शोक नहीं है वो सिर्फ भगवान की सेवा में रत रहता है ये बता रहे हैं भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो चार प्रकार के थे ना अशुद्ध अशुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं छठवा इसको अशुद्ध नहीं बोल रहे हैं पर वो चार है वो अशुद्धि में माने जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं पर उसमें जो ज्ञानी है वो ऑलमोस्ट शुद्ध पे है पर शुद्ध नहीं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब भी पूर्णतः कृष्ण भावना हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं लेकिन प्रपात जी कह रहे हैं वो शुद्ध भक्त हो जाएंगे अभी शुद्ध अशुद्ध हैं पर धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे किंतु देवताओं के हाँ अब करके बता रहे हैं ये तो भगवान के अशुद्ध हैं धीरे शुद्ध हो जाएंगे अब देवताओं के क्या होते हैं किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते है यहां तक कि अल्पक्य ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते मतलब देखो जो ब्रह्म प्राप्त करना चाहता है यानी मुक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वो कभी गोलोक नहीं पहुंच पाएगा क्यों क्योंकि वो प्रेम चाहता ही नहीं भगवान का वो क्या चाहता है वो भगवान से मांग रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए तो वो नहीं पहुंच पाएगा। वो और प्राप्त करना चाहता है तो बाकी फिर ये सुख दुख लाभ आने सब खत्म हो जाएंगे ये सताएंगे नहीं क्योंकि तो वो किस स्थिति पे है तो ब्रह्म की स्थिति पे है तो इसे बता रहा है केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भाव में कर्म करते हैं माम आश्रित वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी ब्रह्म अबि अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं देखो जो ये लोग की बात कर रही जो लोग मतलब जो सात छठवा लोग हैं इसके बता रहे हैं जैसे ब्रह्म क्या है अधिभूत क्या है मतलब वो जानते हैं कि कौन इस शरीर को अधिकृत किया हुआ है मतलब सीधी भाषा में क्यों मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ जानता है क्यों मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हूँ ये समझता है और भगवान की सेवा करता है विग्रह की सेवा करता है भक्ति करता है और भजन करके मैं मुक्त हो जाऊंगा यह चाहता है पर भगवान को भगवान का प्रेम नहीं चाहता है वो बाकी सब चीज जानता है वो भजन भी कर रहा है भक्ति भी कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है मुझे मुक्ति चाहिए बस भगवान का प्रेम नहीं चाहता उसकी इच्छा ही रहती है लेकिन आगे चल के वो शुद्ध हो जाएगा और जाएगा क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है कैसे भी ले भगवान तो मुक्ति मतलब जो रियल मुक्ति है उस मुक्ति की बात करी जा रही है यहाँ पे बाकी की मुक्ति है वो सालों के मुक्ति शाहरुख की मुक्ति पता नहीं कौन कौन से लोग फंसे रहते हैं कामी मुक्ति कामी वो है लेकिन ये शुद्ध मुक्ति वो भगवान के जरिए जाता है ठीक है कहां पे थे आदि के तात्पर्य को समझते हैं जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है तो भगवान अगले अध्याय की नीम खड़ी कर रहे हैं अगले अध्याय से ब्रह्म ब्रह्म चलेगा ब्रह्म मतलब क्या होता है आत्मा और एक ब्रह्म मतलब ब्रह्मा भी होता है एक ब्रह्म मतलब अच्छा भी होता है एक ब्रह्म गॉड भी होता है तो ये सब देखा जाएगा कहाँ कौन सा श्लोक है कहाँ किस पे बात की जा रही है अगर वहाँ पे सोल के ऊपर करा जा रहा है तो ब्रह्म पे आत्मा है भगवान को करा जा रहा है तो ब्रह्म वहां भगवान हो गया तो ये सब एक ही जैसे शब्द है पर कहा कैसे बात होती है इसमें क्यों गोली दे रहा है अब कौन सी गोली है अरे गोली मतलब की मुंह से बोल रहा है ना क्यों झूठ बोल रहा है मतलब इस तरीके से है ना ये बोले और गोली खा लेना आप अब कौन सी गोली खा लेना टैबलेट ठीक है ऐसा नहीं को पता चले बंदूक वाली गोली की बात चल रही है तो जैसे जैसे यहाँ पे आएगा वैसे वैसे वहाँ पे होगा ठीक है छोटा श्लोक था सबको तो खुशी हो गई है बहुत अच्छे से छोटा था ऐसे छोटे श्लोक क्यों नहीं भगवान ने बोले छोटी छोटी तात्पर्य देनी चाहिए बड़े बड़े तात्पर्य दे देते हैं कि एक दो दिन लग जाता है चलो ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद जगद्गुरु की जगद गुरु शील प्रूपादी गौर प्रण हरी